संत शिवपुणानंदगी महाराज मर विघ्न विनाशक दयालिदे तुम गजानंद महाराज हो भोला राम वंदन करे खुशियों का सरगिता हर संग सरिता बहादे माँ आज सभा में आ करके प्रसन्न होगा शारदा हम गुण तुम्हारेगा हर चरणों में शोमन अर्पण करे पूजा की धान सजा करके हर कहें बोला राम मेरे माँ की शक्ति तुझा विजय का टंका करके हर गजानंद हमेशा रखना हमारी लाल हमेशा रखना सब खुशहाल करो नदा खपा पर जा शान हमारो शबा बदम बबना हमारे बना अर विदय सिंह वंदन करान प्रेम क्यों तला शक्ति पर ना कहा सगन मेरे तुम तो धर्म करो मति शर्म करो तो धर्म दुष्ट को देखी न इंद्र भी चगरा तुम एक शक्ति पिमान हुयो एक शक्ति पिमान हुयो एक शक्ति पैमान कहीं तो ये को उपाय करो युवा धर्म सबका सत्यो अल सफल हमारे करो है दया न देख को कही तो उपाय तुम आज करो यो कष्ट दे रहे कई दिन को जरा ये को तो अंधा तुम तो यो जन्मा ध्यान मैदान बहुत खेल खेला अरे अंत राम को नाम लियो रावण का घमंडी उण्य की विजय हुई धरती पर अन पाप लगो तो भोला राम